जय हिंद बाल विकास का पाँचों भाग है जो लोग भाग एक भाग दो भाग तीन भाग चार नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाकर पहले भाग एक दो देख लें जिससे उनको अपनी तैयारी में आसानी मिले तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं कमेंट बॉक्स में पूछे गए सवाल के साथ तो कमेंट बॉक्स में पूछा गया था बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है ऑप्शन ए था अच्छा शिक्षक बी बालक सी शिक्षण प्रक्रिया या फिर डी विद्यालय तो अधिकतर लोगों ने इस सवाल का गलत जवाब दिया है इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी बालक प्रश्न नंबर छियाली छत्तीस शिक्षकों की भूमिका है ऑप्शन ए ज्ञान का संप्रेषण करना ऑप्शन बी छात्रों को अनुशासन में रखना ऑप्शन सी छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम का सृजन करना या फिर ऑप्शन डी सभी प्रश्न नंबर छत्तीस का आंसर बताइए आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंत क्रियात्मक अधिगम का सृजन करना प्रश्न नंबर 36 अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना है किसने माना है माना जाता है कौन सा है ऑप्शन ए प्राथमिक है बी गौड़ है सिंगत्यात्मक है या फिर डी स्थिर है इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गौड़ प्रश्न नंबर अड़तीस निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है यह सी 2012 में पूछा हुआ सवाल है ऑप्शन ए है आखों का रंग ऑप्शन ए है आँखों का रंग ऑप्शन बी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी भागीदारीदारिता ऑप्शन सी समकक्ष व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति या फिर ऑप्शन डी चिंतन पैटर्न प्रश्न नंबर अड़तीस का आंसर आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आंखों का रंग प्रश्न नंबर उनतालीस बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है ऑप्शन ए ऑप्शन ए एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना ऑप्शन बी निरंतर ग्राहकारी देते रहना या फिर ऑप्शन सी सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना या फिर ऑप्शन डी विद्यार्थियों को यह छोड़ देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा प्रश्न नंबर उन्तालीस इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी विद्यार्थियों को यह छोड़ देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है प्रश्न नंबर 40 चालीस व्यवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है ऑप्शन ए मॉन्टेसरी बी खेल विधि सी किंडरगार्टन विधि या फिर डी ये सभी बताइए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ये सभी हमारे और भी बहुत सारे जो वीडियो हैं वो डायरेक्ट देखने के लिए यहाँ पर एक आई बटन होगा उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह बनकर आएगा आप तुरंत वीडियो पर पहुंच जाएंगे प्रश्न नंबर 41. बाल विकास में क्या होता है ऑप्शन ए प्रक्रिया पर बल देता है ऑप्शन बी वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल देता है ऑप्शन सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है बाल विकास में प्रश्न नंबर बयालीस बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका में भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है सी 2013 में आया हुआ सवाल है ऑप्शन ए समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है भी अनुवांशिकता और वातावरण का एक साथ परिचालित नहीं होते हैं ऑप्शन सी सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता जरूरी है ऑप्शन डी अनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक एक बच्चे के विकास में 50 परसेंट 50 पचास परसेंट योगदान देते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सहज रुझान वातावरण से संबंधित हैं जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता जरूरी है प्रश्न नंबर तैंतालीस निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यूपिट 2014 में पूछा गया था ऑप्शन ए वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है ऑप्शन बी विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतर्क्रिया का परिणाम होता है या फिर सी वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का परिणाम होता है या फिर ऑप्शन डी माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है इस सवाल का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में हम इस सवाल का देंगे जवाब अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद